और अब बात मीडिया की दैनिक भास्कर के भास्कर डिजिटल में इन दिनों रोज नए प्रयोग किए जा रहे हैं दैनिक भास्कर समूह कंटेंट पर खासा ध्यान देता है इस कारण भास्कर की वीडियो खबरों में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है भास्कर डिजिटल ने अब इनपुट डेस्क भी बना दिया है पहला मौका है जब भास्कर ने इनपुट डेस्क को कायम किया है न्यूज एट्टीन से सीमा सक्सेना भास्कर डिजिटल के इनपुट में सीनियर प्रोड्यूसर बनकर पहुंच चुकी है सीमा ने अपने कैरियर की शुरुआत दो में ईटीवी से की उसके बाद उन्होंने साधना न्यूज़ और न्यूज़ 18 में शानदार काम किया सीमा सक्सेना बहुत ही लगनशील हैं और उन्हें खबरों की बेहतरीन समझ है अब उन्हें भास्कर में खुद को एक बार फिर से साबित करना है भास्कर डिजिटल की इनपुट टीम में बंसल न्यूज़ से विकास तोमर भी पहुंचे हैं विकास भी शानदार पत्रकार हैं और उन्होंने ग्वालियर में भारत समाचार से अपने कैरियर की के शुरुआत की विकास उसके बाद आई ए डी विकास ने रायपुर में आई बी में भी शानदार काम किया उसके बाद विकास बंसल न्यूज़ में रहे अब विकास तोमर भास्कर डिजिटल की इनपुट टीम में प्रोड्यूसर हैं भास्कर डिजिटल टीम को वरिष्ठ पत्रकार प्रसून मिश्रा लीड कर रहे हैं भास्कर डिजिटल में वीडियो सेक्शन पर शुभ और श्वेता खासा नजर रखती हैं अभी बस इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज